ओम शांति जीवन में जो कुछ मिला हुआ है उसकी लिस्ट बनाएं उसे महसूस करें उसके लिए शुक्र अदा करें उसमें जिएं उसको फील करें ऐसा करने से जो नहीं मिला है वह भी आने लगेगा दौड़कर आने लगेगा जो नहीं मिला है उसके लिए तनाव पैदा ना करें उसके लिए जीवन में फिक्र पैदा ना करें खुशी से जिए अच्छे से जिए आनंद से जिए जो मिला है उसको याद करके जियें जो मनुष्य का जीवन मिला है इसको महसूस करें जो ये सांसें चल रही हैं इनको महसूस करें ये जो आंखें देख रही हैं इनको इनको देखें फील करें फिर शुक्रिया अदा करें परमात्मा का जो खाने को रोज़ अन्न मिल रहा है उसका भी शुक्रिया अदा करें जो नहीं मिल रहा है उसके लिए तनाव पैदा ना करें दुखी ना हो खुश रहने से आगे आने वाला समय श्रेष्ठ बनता है दुखी रहने से आगे आने वाला समय और भी बेकार होने की अधिक संभावनाएँ हैं ओम शांति आप सभी का जीवन श्रेष्ठ हो मंगल में हो खुशनुमा हो मेरी दिल से सभी के लिए हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएँ शुभ भावनाएँ याद और प्यार परमात्मा की यादें ओम शांति धन्यवाद